हाथ मनुष्य लग रो मत करो रहने लो रही बहुत बुरे लग रहे थारा मूड खराब कर को क्यों फसा के रखा है उठा ले रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे हिंदुन को उठा ले